आज की कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने अपनी लाइफ में कभी भी हार का सामना नहीं किया और वो जहां भी गया उसने अपनी विजय की कहानी लिख दी आपने सिकंदर का नाम तो सुना ही होगा उसने पूरी दुनिया को जीतने का लक्ष्य बनाया था और वो उसके देश से दूर दूर के देशों को भी जीत चला गया वो अपने लक्ष्य की और बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा था क्योंकि उसकी जीत के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था कि उसे जब भी किसी साम्राज्य को जीतना होता था तो सबसे पहले वो अपनी विशाल सेना लेकर उस राज्य के निकट पहुंच जाता और उसके बाद वो सैनिकों से जहाज और अन्य साधनों को नष्ट करवा देता जिनकी सहायता से वो यहां तक पहुंचा था और उसके बाद वो उस देश पर आक्रमण कर देता और हमेशा की तरह जीत उसी की होती तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से जीत उसी की होती थी क्योंकि मेरे दोस्त उसके आने जाने के बहनों का नष्ट हो जाना ही उसकी जीत का सबसे बड़ा कारण था जिन्हें उसने अपने ही सैनिकों के हाथों नष्ट करवाया था क्योंकि वो अपना खुद का और उसके सैनिकों के जाने के सभी रास्तों को बंद कर देता था अब उसके और उसके सैनिकों के पास दो ही रास्ते बचते थे कि या तो सामने कड़ी दुश्मन की सेना को हरा दे या लड़ते लड़ते मर जाए पीछे हटने और वापस जाने का ऑप्शन उसके पास होता ही नहीं था अब उसके पास दो ही ऑप्शन थे कि या तो वो जीत जाए या मर जाए दोस्तों इसी तरह जब हमारी लाइफ में बहुत सारे विकल्प रहते हैं जिसके कारण हम किसी एक को नहीं पकड़ पाते और हमारी सारी मेहनत सारी ऊर्जा सारा फोकस बिखरा हुआ रहता है और जब हमारे पास सिर्फ एक विकल्प एक रास्ता या एक टारगेट रहे तो हम अपनी पूरी एनर्जी उस पर लगा पाएंगे और ये सारी दुनिया इस बात की गवाह है कि जब कोई इंसान अपनी सारी एनर्जी किसी एक लक्ष्य पर लगा देता है तो लक्ष्य उस ऊर्जा से चमक उठता है और साफ साफ नज़र आने लगता है और उस सिचुएशन में जीत खुद चलकर आ जाती है और इस तरह वो व्यक्ति खुद ही अपनी सफलता की कहानी लिख देता है वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दे और न मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत